हेलो फ्रेंड कैसे हैं अयोबाप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक कंटेंट में और ले करके आया हूँ आपके लिए तो चलिए मैं बता देता हूं कि मैं आज आपके लिए क्या ले करके आया हूं तो जैसा कि आपने देखी लिया है ये हमारे पास एक ओप्पो का ए थिफ़्टी थ्री मॉडल है जैसा कि आप ये देख सकते हो और ये पैटर्न लगा हुआ है किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं तो हम इसके पैटर्न को ईजिली तरीके से रिमूव करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में रिमूव होता है कि नहीं होता है सारी चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड क्योंकि आपके एंड्रॉयड के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये काम होता है कि नहीं होता है तो वीडियो को लास्ट इंड तक तो जरूर देखेगा जैसा कि आपने समने में देखा है विदाउट कंप्यूटर मैं कोई भी का, पी का यूज़ नहीं करूँगा और यहाँ पर इसकी अनलॉकिंग करने की कोशिश करेंगे लाइफ तो अब ये देख सकते हैं तो चलिए अगर आपको ये कंफ्यूज है कि कौन सा मॉडल है जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है ये हमारे पास है ओप्पो का ए फिफ्टी थ्री तो इसको एक्चुअल में आपको देखना है तो आपको स्टार हैज़ एट नाइन नाइन हैज़ करना है और आपको यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किसका इसका सी है तो आप इसको सर्च करेंगे गूगल में तो आपको इसका मॉडल पता चल जाएगा सी पी तो आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो ये देख सकते हैं सारी चीज़ें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं और विस्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ़ोन को आपको प्रॉपर ऑफ कर लेना है और इसकी वैल्यूम अप डाउन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे और इसकी पावर की तो तीनों को आपको एक साथ प्रेस करना है या वैल्यूम डाउन दबा के तो जाहिर सी बात है अब एक बार तीनों को एक साथ प्रेस कर लो तीनों को मैंने एक साथ प्रेस कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों को और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तीनों को प्रेस किया और पावर की को हमने हटा दिया और वैल्यूम डाउन दबा करके प्रेस करके रखना है आपको फ्रेंड ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो और जैसे ये देखिए आ चुका है इंटरफेस हमारा इंटरफेस आ चुका है अब हमें जो भी लैंग्वेज आपको पता होगा चाइनीज़ या इंग्लिश मुझे तो इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइफ डाटा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड ये आपके एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर निर्भर करता है बाकी मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ नहीं होगा तो फिर जो भी मैथड है इसमें यू एफ लगी हुई है कॉलकम सी है तो उसको अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मैं वाइफ डाटा करने जा रहा हूँ जो उसमें पैटर्न लगा था क्या एक्चुअल में बाईपास होता है कि नहीं होता मैं यहाँ पे कर रहा हूं लाइव तो हमें आप वाइव डाटा करते हैं फ्रेंड तो देख सकते हैं वाइप डाटा यहां पे लिख रहा है प्लीज इंटर वेरिफिकेशन कोड तो ये जो कोड है फ्रेंड ये कोई जो यूजर का कोड नहीं है ये आपके एंड्रॉइड के ऊपर निर्भर करता है और सारी चीजें मैं आपको बता दूं यहां पर यहां पर टू जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं कि, कि किसी यूजर का कोड है या वाइव डाटा कर रहे हो तो यहां पर आपको टू को एंटर कर देगा और ये हमारा फोन ईजी तरीके से हार्ड डिस्टेट हो जाएगा तो चलिए ट्राई करके देखते हैं अगर आप दोबारा इसको रिस्टार्ट करेंगे तो कोड फिर से चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं कि यही कोड बार बार आपको देखने को मिलेगा तो चलिए कि टू सिक्स फाइव थ्री इंटर कर देते हैं तो जैसे पूरी तरीके से यहां पर वाइप होगा देख सकते हैं तो कर देते हैं फॉर्मेट और इजली तरीके से देखिए फ्रेंड हमारा यह फॉर्मेट हो रहा है तो आप हमारे चैनल में स्मार्ट टेलीकॉम अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा लें जिससे नया नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहेंगे तो मैं आपके सामने फ्रेंड यह लाइव भी कर रहा हूं सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो वाइप डाटा हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है अब यहाँ पे देखते हैं इसको रिस्टार्ट होगा तो रिस्टार्ट होने के बाद हमारा ये जो प्रॉब्लम जो हमारा पैटर्न था बिना किसी कंप्यूटर मैंने कोई भी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है और ये हमारा इजी तरीके से वाइप हो चुका है तो आई वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल ट्राई करिए आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड क्योंकि देखिए मैं तो लाइव ही कर रहा हूँ मेरे अगर नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता मैं वहीं पर स्टक हो जाता या फिर वीडियो को ही नहीं डालता बट यहाँ पर वाइप डाटा हो रहा है रिसेट एक कोड आ रहा था चीज़ ज़्यादातर Realme में आपको देखने को मिलता है Oppo और रियल में देखने को आपको मिलता है फ्रेंड गाइज तो ये आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ और इसकी जब फिर ये स्टार्टअप पे आ जाएगा स्टार्टअप पे जैसे ही आ जाएगा थोड़ा सा ऐसे वेट लगेगा क्योंकि ये हुआ है फॉर्मेट तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड और जैसे ही ये खुल जाता है ये मैंने जैसा कि बोला था कि बिना कंप्यूटर के मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा ये वही फ़ोन है ऐसा कि नहीं है मैंने फ़ोन भी चेंज कर दिया है ये वही फ़ोन है आपके सामने ये सारी चीज़ें लाइव है वो कोई भी फेक वीडियो मैं अपने चैनल में नहीं डालता हूँ फिर तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ट्राई करें और ये आपका सामने हो रहा है अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ तो फाइनली ये देख सकते हैं फ़ोन हमारा हो चुका है अब हमें सीधा और इसकी इमरजेंसी कॉल पर जाना है और आपको कोई भी सेटअप को आगे नैक्स नहीं करना है आपको वहाँ पर स्टार हैज़ 813 हैज़ इंटर करेंगे तो आपका फ़ोन चुटकी में अनलॉक हो जाएगा बिना कंप्यूटर के आप देख सकते हैं आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है मैंने डाटा केबल का भी यूज़ नहीं किया है आप बिल्कुल इस ट्रिक को ट्राई करें और देखिए कि आपका अनलॉक होता है कि नहीं होता है ये फ़ोन हमारा प्रॉपर्ली तरीके से ऑन हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्मार्ट टेलीकॉम को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच मैं तो तुम्हारे लिए